एशिया क्रिकेट कप में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद रविवार आधी रात को इंदौर का राजवाड़ा चौक क्रिकेट प्रेमियों के जश्न से गूंज उठा हाथों में राष्ट्रध्वज लेकर पहुंचे लोगों ने जीत के उत्साह को चार गुना कर दिया एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने हार्दिक पांड्या के छक्के की मदद से पाकिस्तान को पांच विकेट से पराजित किया जीत का छक्का लगते ही देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने हार्दिक पांड्या के छक्के की मदद से पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद इंदौर के अलग अलग हिस्सों से क्रिकेट प्रेमी कारों और दोपहिया वाहनों से सवार होकर राजवाड़ा चौक पर जमा हो गए शहर में भी जगह जगह आतिशबाजी की गई मैच के लिए राजवाड़ा चौक पर भी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी राजवाड़ा की ओर जाने वाले हर मार्ग से लोग हाथों में तिरंगा लेकर और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार फिर तिरंगा यात्रा निकल रही हो वाहनों में देशभक्ति के गीत बजाकर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे देखते ही देखते राजवाड़ा पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि जवार मार्ग की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों के कारण जाम लग गया लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ राजवाड़ा चौक पर पहुंचे लोगों को जहाँ जगह मिली वहीं वाहन खड़े करके झुंड के झुंड पैदल ही राजवाड़ा चौक की ओर चल पड़े लोगों में जीत का उत्साह चरम पर था वे कारो के ऊपर चढ़कर तिरंगा लहरा रहे थे दूसरी तरफ से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे युवक और युवतियां मोबाइल फोन से वीडियो और सेल्फी लेने लगे